और ये नितिन गुर्जर बताते लिया हरम के स्थान पर आशीर्वाद हमारे मुखी के लिए और सियाताल और जालौन को कार्य करते जो है सोतालिया मुखी जी के नाम से हो गया क्या लाओ पड़ेगा और टॉक टॉक आप ठीक है वो ना ना वो रखा है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 O o quién tal va a hacer que dará por gramo que te को कोफी सुन पूरा शुक्रिया सर के लिए बहुत बहुत और इस कार्यक्रम के सम्मान में गोस्म पटेल नितिन बखर है बहुत ही गांव का बेटा कृषि किसान मान गांव में जारी दिला जीत ने वो स्कूल है ये जारी में नहीं कोशिश करता है बहुत अच्छी खुशी हो रही है आज के दंगल की बड़ी खुशियां का शिक्षा नहीं होती इस खुशी के बाद भी अश्लीम तौर मान तैयारी बनाने और सब जी वाला एक ही उम्र तो की मुस्लिम के साथ माना केंद्रीय और यह दंगल सभी मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हो रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का सतीश दंगल भाईचारे का यह दंगल राम ने जो दिन भी ना मुकाबला खत्म है एक दूसरे को कुछ करने का प्रयास प्रदर्शन जा इस इलाके का मान इस इलाके का भविष्य माननीय श्री जितेंद्र वर्मा जी द्वारा एक कुछ बराबरी के स्वच्छ स्वतंत्र मिलाकर चले हैं सीपर सद के फैन मुद्दा हमारे वर्मा जी वर्मा परिवार के बच्चे Give them! This is not a game. This is not a game. यो कडा के खट मारता है वो तलवार खेल की दौड़ में को कह रहे